गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएँगे तुम टेंशन मर लो भी बताएंगे सब कुछ बताएंगे गायज आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो गाइज जो भी छोटा क्रिएटर है उनको ही सपोर्ट करो अज्जू भाई टोटल गेमिंग, ज्ञान गेमिंग, सबीर भाई इनको तो तुम करोगे तो वो तो वो आगे बढ़ गए हैं हम जैसे छोटे क्रिएटर को गाइज सपोर्ट करो प्लीज गाइज आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे गाइज इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज जो भी सब्सक्राइब करेगा उन्हें फ्री डायमंड मिलेगा ये मैं बताना भूल गया जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें फ्री डायमंड और आलोक गेवे मिलेगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कैसे गेवे पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपकी आईडी लिखनी है तो डायमंड और आलोक एक ही मिलेगा गाय दो, दो नहीं मिलेगा सबको देना है इसलिए जिसको डायमंड चाहिए वो डायमंड लिख अपनी आई लिख दे और आलोक चाहिए वो अपनी आईडी डी आलोक लिख दे इसलिए गाइज जो भी अपना क्या कहते हैं आईडी डी लिखेगा डायमंड लिख के उनको डायमंड मिलेगा और आलोक लिख के आलोक मिलेगा जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें मिलेगा अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा मिले गाइज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइज जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गैज वीडियो बनाने में मेहनत लगती है इसलिए आप क्या कहते मेहनत समझ नहीं पाते हो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो मिलते हैं किसी किसनेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय